अच्छा होता है पूरा काटा आपको चुभना चाहिए नमस्ते भाई और बहनों आप सभी को YouTube चैनल में स्वागत है और आप पूजा और बबलू ब्लॉग में आपका सभी का स्वागत है तो देखिए आज मैं आपको देसी अनुस का दिखाने जा रही हूँ कैसे यूज करते हैं इसको पौधा है को पकड़ के तोड़ूँगी क्योंकि इसके कांटे जो हैं वो हाथ में चुभने से बहुत दुखेगा तो इसको मैं अपने पैरों में यूज करूँगी ये देखिए मेरे पैरों का उंगली फूल चुका है और सूजन भी आ गई है और क्या बोलते हैं कि सूजन भी आ गई है खुजली भी होता है इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा बुखार भी आता है तो मैं इस पौधे का यूज करूँगी तो ये पौधा बहुत अच्छा होता है इस ये पौधा बहुत अच्छा होता है एक पैरों के लिए अक्सर ठंडियों में ये बीमारी पाई जाती है छोटे में भी पाई जाती, जाती है बड़ों बड़े लोगों में पाई जाती है बच्चों में भी पाई जाती है बड़ों लोगों में पाई जाती है बड़े लोगों में भी पाई जाती है बच्चों में भी पाई जाती है बूढ़े में भी पाई जाती है कभी भी हाथ से मत पकड़ने का कोशिश कीजिएगा इसमें जो छोटे छोटे कांटे हैं वो आपके हाथों में लग सकते हैं बहुत चुभन होगी और बहुत दर्द भी होगा तो मेरे हाथों में तो ठीक ही है मेरे हाथ हाथ को जरूरी नहीं है ये पैरों के लिए बस है आपके हाथों में भी हो सकता है ये बीमारी तो हाथों में भी लगा सकते हैं आप इसे उंगलियों का ठंडी में सूत जाता है किसी किसी का और दर्द भी होने लगता है ठंडा पानी की वजह से और ठंडी की वजह से तो हम इसको खाली मेरा तो खाली पैरों में है तो मैं पैरों में ही लगाऊंगी तो दो तो उसमें कागज कागज तो अच्छा से ज़ूम करके दिखा रही हूँ मैं आपको ये पौधा देखिए बड़ा कर दे हाँ? बड़ो करो देना छोड़ न कुरान तो मैं इसको जंगलों में तो ये पाया जाता है जंगलों में है तो मैंने इसको तोड़ लिया है और एक बात और है कि मैंने इसको पहले भी लगाया हुआ है तो इतना पौधा तो मैंने पूरा तोड़ लिया है इतना ज़रूरी नहीं है मुझे पर थोड़ा ही सा जरूरी था तो ये पूरा टूट के आ गया है तो इसको पूरा ही चलते हैं कैसे लगाते हैं ये पीछे पीछे तरफ इतना काटा नहीं है पकड़ के इसको काट रही तो देखिए काट लिया मैंने इसको अब मैं इसको, इसको हाथ से नहीं पकड़ूंगी इसको एक पौधा और काट लेती इसको छोटा कर लेती हूँ तो आप आपके ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा है तकलीफ़ उंगलियों में तो आप इसको ज़ोर ज़ोर से मार सकते हैं ऐसे करके मेरे को दर्द लग रहा है दर्द होता है ना इसके कारण मैं धीरे से लगाऊंगी ऐसे ऐसे करके पूरे पूरा काटा आपको चुभना चाहिए तो मेरा देखिए तो मेरा चुभ रहा है काटा देखो एक एक एक एक दो दो काटा चुभ रहा है जिम को दिखा देखिए एक काटा चुबा हुआ है आप देख सकते हैं इसका काटा चुबा है तो मेरे को इस यहाँ पे एक काटा चुबा है तो इससे झंझट हो रही है तो हम और भी चुबाने का कोशिश कर रहे हैं इसको देखिए मेरे और भी चुभ गए हैं कांटे तो मेरे को थोड़ा थोड़ा राहत मिल रहा है पर खुजली भी हो रहा है तो इसका असर दो मिनट तक इतना तेज़ी से रहता है उसके बाद में इसका दर्द नहीं होगा जो खुजली हो रहा था ना ये खुजली कर कर के मैंने ऐसा किया है यहाँ पे देखिए मेरे पैर में घाव और हो गया है खुजली करके तो मैं इसको लगातार दो तीन दिन से ट्राई कर रही हूँ तो आराम मिला इसलिए मैंने आज वीडियो में डाला है आप सभी को कि आप सभी भी यूज कर सकते हैं इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है तो मेरा इस उंगली में भी खुजली हो रहा है तो यहाँ पर भी कांटा चुबाने का कोशिश कर रही हूँ तो इसमें भी चुभ गया है कांटा एक दो इसमें भी इतना छोटा छोटा काँटा है ना तो इतना दिखेगा नहीं तो ये कांटा निकल निकलने के अपने से निकल जाएगा निकाल भी सकते हैं क्योंकि जिस जितना इसको ज़रूरी था इसने अपना रस ले लिया है तो अभी तो अभी हम कांटा चुबा के इस पैर में भी इसमें राहत हो गया है इसका फ़ायदा हमें दस दस से पंद्रह मिनट में ही मिल जाता है इस पैर में भी लगा लेती हूँ धीरे धीरे करके इसमें भी काटे चुभने लगे हैं बहुत ज़ोरों से ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जो कांटे हैं छोटे छोटे वही कांटे चुभ रहे हैं इसमें भी एक दो चुभ गया है तो मेरे दोनों पैरों का काम थोड़ा थोड़ा और लगा लेती हूँ देखिए चुभ रहा है एक दो कांटे चुभ रहे हैं और भी इधर भी चुभ गए हैं क्या तो मैंने लगा लिया है तो पूरे पैरों में। तो मेरा बहुत अच्छा राहत मिला इसमें अभी अभी थोड़ा थोड़ा सा झंझनाहट होगा पैरों में इसको क्यों मैं हाथ से नहीं पकड़ती हूँ इसके, इसके कांटे जो मेरे हाथ में भी लग सकते हैं ये देखिए चुप गया है इसमें भी हो गया है देखिए मैंने एक ही दिन ट्राई नहीं किया है मैंने और भी दिन ट्राई किया था तो दिखाती हूँ आप सभी। तो ये मैंने कल ट्राई किया था बहुत खुजली हो रहा था बहुत खुजली हो रहा था इसी पैर की उंगली जैसा फूल गया था ये इधर का भी इस पैर का ये ऐसा जैसा फूला हुआ है ए भी फूला हुआ था ऐसे और ए भी फूला हुआ था अभी दोनों छूट गया है ए भी फूला हुआ था तो ये भी छूट गया है इसका भी छूट गया है अभी इसी में है बस देखिए और इसमें इन दोनों में और इन सब का तो छूट गया दोनों का तो मुझे बहुत अच्छा रात मिला इसका भी छूट गया देखिए यहाँ पे तो लाल लाल धब्बा हुआ है ये भी छूट गया है इसका भी अभी और ये उंगली और ये उंगली छूटा दी ये भी छूट गया है थोड़ा थोड़ा है इसमें भी लगाया मैंने अभी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे लिए तो मैं हमेशा इसको यूज करती हूँ अगला साल भी मैंने ट्राई किया था यहाँ पे ये वाला तो मेरे को बहुत अच्छा रात मिला था तो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर अगर जिसको भी ठंडी में ऐसा बीमारी हो तो आप सब भी यूज कर सकते हैं